इम्प्रूव और, और, और उनका सबसे ज्यादा ओवरऑल वैल्यूएशन रेवेन्यू और सेल्स उनका कैसे इम्प्रूव हुआ है आप लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इसके लिए आइए मैं अपने स्क्रीन पे और उसे देख सकते हैं कि कैसे आप लोग हार टिकेटिंग क्लाइंट्स को बनाते हैं उनका रेवेन्यू कैसे हम लोग जनरेट कराते हैं प्लस उनको हाई लेवल पे सेल अप कैसे देते हैं थ्रू द डिजिटल मीडिया थ्रू डिजिटल मार्केटिंग तो आइए फ्री का इनका गेटवे वे है इसपे आप देख सकते हैं मोर देन फाइव लाख का इन्होंने बिजनेस किया है इन दी मंथ ऑफ ट्वेंटी फिफ्थ नवम्बर टू ट्वेंटी फिफ्थ एक महीने का डेटा है नेक्स्ट आपको दिखा दू मैं देख रेजर पे दे का है ये बहुत हाईली पेड क्लाइंट है इनका जो सर्विस फी है काफी हाई लेवल पे है तो इनके लिए हमने मोर और लेस का मंथस निकाला है जिस में हमारे पास सिर्फ एक्सेस है इस पेमेंट गेट का तो उसको हम लोग एज अ मॉडरेट वे में यूज करके मोर देख का हमने सेल इनका जनरेट किया है थर्ड जो है वो आपको मैं दिखा दू ये भी एक रेजर पे का क्लाइंट का गेटवे है इसमें मोर और लेस थर्टी सिक्स लाख रुपीज का हम लोगों ने इन्हें सेल लिया है फर्स्ट ऑफ अक्टोबर टू ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ डिसंबर तक का अगर आप लोगों को भी अपने बिजनेस को करना है प्रमोट तो आज ही दिए हुए नीचे नंबर्स पे आप लोग कॉल कीजिए कॉल करके पता लगाइए कि मैं और मेरी एजेंसी कैसे आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं इंक्रेजिंग इन टर्म्स ऑफ सेल आपके बिजनेस को कैसे और एक्सपोनेंशियली आप लोग ग्रो कर सकते हैं इस चीज के बारे में फुल इंफॉर्मेशन फुल कंसल्टेशन हमारी टीम आपके साथ ट्वेंटी फोर रहेगी सो so, कॉल कीजिए